रैकिल कर चोरी बुलेट धारी गोरी ननो से मारे धाय धाय धाय धाय धिल कर चोरी बुलेट धारी गोरी ननो से मारे धार